क्या कह रहे थे मेरे बारे में है? अरे मामा मामी दोनों मुझे इसी नाम से पुकारते थे बचपन में गोलगुप्ता मुझे देखते पूरा गांव। गाँव था। one more, one more. अरे पूरा दिन मुझे गोद में उठा के घूमते थे